it is pure like you can't escape away from this bedar in team mein baat jaise nikla kiski hai mujhe kya pata mujhse poochta <laughs> raha be पर भरोसा हो या नहीं हो पर मुझे है तो मार देता हूं। इस आदम के गोली। आज से तुम्हारी टीम का लीडर है इंस्पेक्टर मनोज एक मिनट एक दिन जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम मुझे याद करोगे